इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप लोगों ने जुपीटर नोटबुक को किस तरह से इंस्टॉल करना है जुपीटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग किस किट को इंस्टॉल करना सीखेंगे मैं आपको बता दूं मेरे जो लैपटॉप की ना जो रैम है वो चार जी है और जो मेरी इंटरनेट की स्पीड है वो पाँच के बी है इसलिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है अगर नहीं की हुई यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू इंस्टॉल पाइथन तो आपको काफ़ी ज़्यादा टुटोरियल मिल जाएंगे आप लोग उनको देख इंस्टॉल कर लीजिएगा पाइथन तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से जुपीटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है क्विज किट को इंस्टॉल करना है किट के अंदर हम लोग इसका वर्जन चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एपीआई टोकन जिसे कहते हैं जो हमें एक्सेस चाहिए क्वान्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए आई की वेबसाइट से जाकर हमें ए टोकन लेना पड़ेगा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा उस वेबसाइट पर जाकर बैसे अब आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है सी एम सर्च करने के बाद अब हम लोग जुपीटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे सी सबसे पहले टाइप करना है इसके बाद लिखना है pip install jupyter notebook अब जैसे आप लोग pip install jupyter notebook लिखोगे ना जो आपका जुपीटर नोटबुक होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा बैसे हम लोगों ने जुपीटर नोटबुक इंस्टॉल कर लिया अब आप लोगों ने कमॉन लाइन कोपन करके लिखना है यहाँ पर पिप इंस्टॉल क्विप इंस्टॉल क्विक क्विज किट अब जैसे ही क्विज कुट दबा कर आप लोग इंटर दबाओगे ना तो आपका जो कोईज़ किट है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा अब जैसे ही ये इंस्टॉल होती है इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गई है तो अभी इसको एक्सेस करते हैं सिंबल आप लोगों ने टाइप करना है वाई वाई यू यू डी जुपिटर सिंपल जुपिटर नोटबुक आप लोगों ने टाइप करना है और जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा ना उसके अंदर आपकी जो तो जुपिटर नोटबुक है वो ऑन हो जाएगी क्योंकि ये ब्राउजर बेस है जो यहाँ पर देखें एलच ब्राउजर मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र था तो ये ब्राउज़र के के अंदर ये इंस्टॉल हो गई है एक बनाएंगे 3 के नाम से तो ओके सिंपल सिंपल सी फाइल बनाएंगे मैं कोई फोल्डर नहीं कर रहा तो डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर ही ये सिलेक्ट जो पहले उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने लिखना है इंटर under, और जैसे आप लोग ये टाइप करते हो तो भूम यहां पर देखिए ये आपका क्विस्ट इंस्टॉल हो गया हो इसका या सक्सेसफुल थल्ट, इसका वर्जन है भी रन करते हैं क्या ये जुपिटर लैब के अंदर भी रन होती है या नहीं ओके तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सीएमडी तो हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं जुपिटर लैब के अंदर भी ये रन होगी या फिर नहीं ओके। अभी जुपिटर लैब को भी हम लोग चेक करते हैं क्या इसके अंदर भी ये रन होती है कि नहीं क्योंकि एक दफ़ा ही चेक कर लेना भी क्या एरर आ रहे थे क्या क्या प्रॉब्लम है क्योंकि अगर इस जुपिटर लैब के अंदर इंस्टॉलेशन होती है इसकी या नहीं हमें एरर भी देखना पड़ता है ना तो यहाँ पर देखिए ये पहले मुझे एक एरर आया था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने से पहले तो अभी मैं ट्राई करता हूँ क्या ये इंस्टॉल होगी या नहीं ओके मैं इसको है ना एक दफा रीस्टार्ट कर ले सिस्टम को मैं इम्पोर्ट क्विस्किट शिफ्ट इंडर क्विस्किट डॉटर अंडरस्कोर दो, दो अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडर स्कोर अंडर स्कोर अभी देखते हैं। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारी क्विजकिट है वो यहां पर भी इंस्टॉल हो गई है भाई इसका मतलब यह है इसका मतलब ये है कि आप लोग डिपिटर लैब के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो जुपिटर नोटबुक के अंदर इसी तरह आप लोग बी एस कोड के अंदर भी इसको रन कर सकते हो जहां पर भी आपका दिल चाहे आप लोग इसको इंस्टॉल करें आई होप को ये छोटी सी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं थैंक्सॉजी